बर्बादी का सबसे आसान तरीका है जरा थोड़ा डिटेल में बताएंगे सर हाँ एक सस्टेनेबल टाइप फूड वो किसान के ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जमीन की उर्वरकता बढ़ने के लिए कृष्ण से ले आज तक जो हमारी क्रॉप रोटेशन करके कहा गया है कि अनाज के बाद पल्सेस करो दल्हन फसलें पहले अनाज करो फिर दल्हन फसलें करो फिर ऑयल के सीड लगाओ तो उसके ज़मीन की उर्वरकता बढ़ जाएगी ऊपर से बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट बढ़ जाएगी पंछी बढ़ जाएंगे जब एक ही तरह की फसल होगी तो ज़मीन की उर्वरकता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे और अकाल जल्दी आएगा तो सबसे बर्बादी का एक बड़ा आसान तरीका एक फसल एक ही टाइप का फसल लेना ये हम हमें काफ़ी स्पीड से खड्डे में डाल देगा तो अगर हमें 100 परसेंट ये सोचना है कि मेरी परम्परागत कृषि विज्ञान जो है वो हजारों साल से अभी तक ज़मीन की उर्वरकता क्यों रह गई एक हिंदुस्तान में अल्बर्ट है्ड करके आके गए जो इंग्रेज़ों ने लाए थे कि हिंदुस्तान के लोगों को खेती सिखाएंगे तो इन्होंने हिंदुस्तान घूमने के बाद बोले स्टडी करने पड़ेगी क्या क्या सिखाना है और साल भर में उन्होंने कहा कि हमें इनसे सीखने की जरूरत है इनको सिखाने की जरूरत नहीं तो उसमें क्या है तो उनकी जो किताब है तो किताब का नाम है द एग्रीकल्चर टेस्टामेंट तो इंग्रेज़ों अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने उनको निकाल दिया सर्विस से निकाल दिया किसके लिए लाया है तो क्या बता रहा है तो फिर उनको बड़ौदा के गायकवाड़ साहब ने उनको सपोर्ट दिया और उन्होंने वहाँ पे ऊपर कंपोस्टिंग के मेथड बनाए एक अलग और उसको नाम दिया इंदोरी कम्पोस्टिंग मेथड तो उन्होंने जो किताब लिखी है वो किताब में हज़ारों सालों से हिंदुस्तान की खेती अच्छी क्यों रही ये सिस्टम क्यों अच्छी है तो उसके ऊपर क्या आज तक उसका असर हुआ है इसका सब डॉक्यूमेंटेशन है फिर एक मरते वक्त उनको गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने उनको सर डिग्री दी और उनको सर एर्बर्ट हावर कहा गया क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया पहले निकाल दिया था तो ये जो अच्छा काम है इसमें से हमें भी आज तक वो ऑर्गेनिक फार्मिंग बाइबल करके यूज़ होता है वो किताब वंस एग्रीकल्चर टेस्टामेंट उसमें हमारी जो क्षमता है खेती अच्छी रहने की वो है क्रॉप रोटेशन और तरह तरह की फसलें इसका मतलब वन डिस्ट्रिक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बहुत ही गलत है बहुत ही गलत क्या होना चाहिए पहला है कि किसान के थाली के सब चीज़ें उसके खेत में होनी चाहिए नंबर एक नंबर दो उसकी जमीन की उर्वरकता कैसे बढ़े और सॉइल कंज़र्वेशन कैसे हो अभी हिंदुस्तान का एक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हर हेक्टर में हर साल अगर एक डिग्री का स्लोप है और वहाँ पे एक हज़ार मिलीमीटर बारिश गिर रही है तो सोलह टन मिट्टी बहज जाती है सोलह टन मिट्टी यानी एक दस बाय दस के रूम बनाने के ब्रिक्ज बन सकते हैं तो इतनी मिट्टी बहज उसको रुकाना नंबर एक मिट्टी ज़्यादा क्यों बहती है कौन मिट्टी कौन मिट्टी सिस्टम में ज्यादा मिट्टी जहाँ ट ज़्यादा जा करोगे वहाँ मिट्टी बहती है ट्रैक्टर चलाना गलत है बहुत ही गलत है क्योंकि ट्रैक्टर में जो प्रेशर है और ट्रैक्टर के मिट्टी के पार्टिकल काफ़ी छोटे हो जाते हैं और दूसरा सबसे उसमें एक चीज़ होती है कि जमीन की उर्वरकता बढ़ाने वाले माइक्रोव्स और जमीन की उर्वरकता और पोरासिडी बढ़ाने वाले चींटियों से लेकर अर्थ तक ये सब खत्म होते हैं और सनरेज में वो स्टाइलाइज हो जाती है सब जीवाणु मर जाते हैं और जब जीवाणु नहीं रहेंगे तब तक मिट्टी के जो फाइन पार्टिकल एक दूसरे को चिपकाने की सिस्टम ख़त्म हो जाएगी तो मिट्टी बहने का सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा हलचलाना किचे हुए अर्थ को मार देना चींटियों को मार देना और ज्यादा पानी देना को मारने के लिए कुछ नहीं करते नहीं नहीं कैचुओं मरते नहीं, हैं ना। नाते हैं विज से भी केचुए मरते हैं। आज नहीं तो कल मरने वाले आज तक तो हमें ये लग रहा है कि आठ साल तक केचुए बढ़ेंगे क्योंकि सेमी कंपोस्ट या आधे मरे हुए चीज उसको मिलेंगे लेकिन जो तनुनाशक वेली साइड में हमने जो केमिकल इस्तेमाल किया के है वो मैनमेड है वो जो खाना धीरे धीरे छोड़ देंगे डीकम्पोज नहीं होगा और वो डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब जो ज़मीन में चाहिए वो वहाँ पर नहीं होंगे तो अगर वो वहाँ पे नहीं होंगे तो, तो कम्पोज कौन करेगा ये दस साल तक काम करेगा दस बीस साल तक ज़मीन के अनुसार वहाँ पर बारिश गिरने के अनुसार ज़मीन के पेच के अनुसार वहाँ पर सर्वाइव होगा लेकिन जैसे ग्रीन रेवल्यूशन में जब खाद आया तभी एक किलो खाद डालने के बाद सत्रह किलो अनाज बनता था अभी वो एक किलो के बदले में एक ही किलो बन रहा है तो ज़मीन की उर्वरकता जो ख़त्म हो रही है वैसी उर्वरकता माइक्रोब्स खत्म होने के बाद जमीन बंजर बन जाएगी और जो आज तक हुआ है ज़्यादा पानी ज़्यादा खाद ज़्यादा टिलिंग की वजह से इसके लिए दुनिया में पूरे दुनिया में एक बदलाव आया है इसको बोलते हैं जीरो ट्रिलिंग कल्टिवेशन मेथड तो जमीन के जीव जो है किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? जमीन के जो जीव जंतु है वो बढ़ाने के तीन ये होते हैं एक होता है जमीन के ऊपर एक तो फसल होनी चाहिए या ऑर्गेनिक मैटर का मल्चिंग होना चाहिए तो इंग्लिश में उसको कहते हैं सॉइल मस्ट बी कवर विथ एनी ऑर्गेनिक मैटर डेड और लाय नंबर एक नंबर दो आपकी जो जमीन है उसमें से कम से कम 30 परसेंट ट्रीज होने चाहिए जिसके अवशेष जमीन में गिर के जमीन की उर्वरकता बढ़ती रहेगी क्योंकि फसलों के अवशेष हम जमीन में डिकम्पोज नहीं कर रहे अवशेष को जला रहे या गाय को खिला रहे गोबर खेत में नहीं आ रहा है तो जब तक चक्रियता पूरी नहीं होगी तो ज़मीन की उर्वरकता नहीं बढ़ेगी और नंबर तीन सबसे इम्पोर्टेंट है जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए जमीन के अंदर लकड़ी जाने के लिगनन फाइबर जाने की आवश्यकता है जो हमारे फसलों में नहीं है तो जब तक जमीन में टाइप्स ऑफ फंगस नहीं पड़ती जमीन की उर्वरकता नहीं बढ़ती गेहूं और जवार ये दो फसलें हैं अगर तो इन दो फसलों से जमीन को क्या मिलता है या क्या कम मिलता है या कम क्या ज़्यादा मिलता है जवार से थोड़ा सा ज़मीन को ग्लूकोज मिलता है और उसके दो चीज़ें होती है आप कभी देखोगे तो शमनम जो है मीठी रहती है उससे माइक्रोज बढ़ जाते हैं ज़मीन के दूसरा उसके जो जड़े हैं रूट्स है वो काफ़ी नीचे जाते हैं हमारे हिंदुस्तान का जो तरीका है उसमें हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि ऊपर की फली आदमी खाएगा झाड़ कैटल खाएंगे और जड़ जमीन खाएगी ये ऑलवेज थर्टी फोर्टी थर्टी यानी फसल थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट उसका झाड़ और थर्टी परसेंट रूट्स या फोर्टी थर्टी थर्टी सीजन क्रॉप में ये होता है तो ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए जो रूट्स है वो फाइबर है लिगनन है और वो काफ़ी डीप जाते हैं और डीप जाके ज़मीन के अंदर ज़्यादा खो नीचे तक ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते जो गेहूं में नहीं बढ़ता तो आपका मतलब है गेहूं की जड़ें जो है वो उठली होती है थोड़ी ऊपर रहती है जवर के इतने नीचे नहीं जाते जवर की बहुत ज़्यादा नीचे है। हाँ जितनी ऊंची है उसके कम से कम थ्री फोर्थ नीचे है तो गेहूँ तो छोटा है और हमारे जो गेहूँ आ गया वो नॉर्मन बोरलॉक जी ने जो मेक्सिकन गेहूं में गेहूं में बदलाव लाया उससे ग्रीन रेजोल्यूशन स्टार्ट हो गया और उसके लिए नॉर्मन बोरलॉक जी को लोगों के हैंगर बचाने के लिए उनको नोबेल का पुरस्कार मिला था और फिर उसके वजह से और चेंज होने के बाद चावल में भी बदलाव आ गया वो कि चावल की ऊँचाई कम हो गई और उसकी फली बड़ी बन गई तो कम ऊँचाई होने की वजह से ज़मीन के बाकी जो उर्वरक जमीन को मिलने वाला था फसलों का वो कम हो गया या हमारी खेती करने के तरीके में वो बताया गया कि ये इसके अंदर जीव जंतु है प्लांट के डिसीज़ है पेस्ट छिपके बैठे हैं वो निकालो और जला दो नष्ट कर दो तो ज़मीन में जो नेचुरली जाने वाला ऑर्गेनिक मैटर था वो भी खत्म हो गया और हमने गोबर खाद डाला नहीं तो ये उसकी वजह से उर्वरकता दिन ब दिन कम होती गई और आज के कंडीशन ये है कि जब ग्रीन रिजोल्यूशन आया तब में हमारी जमीन में ऑर्गेनिक मैटर था 2 टू थ्री परसेंट अभी पॉइंट टू और पॉइंट परसेंट इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को करोड़ों रुपया खर्च खर्चा करके एक सिस्टम बनानी पड़ी सोइल हेल्थ कार्ड जिसके अंदर से आपको बताया जाता है कि आपके ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर कितना है यूमस कितना है और उसमें भी एक गलत चीज़ है कि गवर्नमेंट बोले कि 0.5 बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक मैटर है तो जैविक खेती करने वाले हम बोलते हैं कि एक इज ही मिनिमम एक अगर रहेगा तो ज़मीन में जो है वो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स फसलों को मिलेगा और फसलें अच्छी तरह से आ जाएंगे दो होने का हमें प्रयास करना है और तीन हो गए तीन हो गया तो पेढ़े मिठाई खिलानी है सबको वो तीन रहता नहीं क्योंकि हम जो गर्म हवा में रह रहे तो वो भी खत्म होता है वो भी ख़त्म हो रहा है ह्यूमस भी खत्म होता है तो हमें नॉनस्टॉप प्रेस करने इसलिए हमारे पुरखों ने जो सिस्टम बनाई थी क्रॉप रोटेशन अनाज के बाद दल्हन फसल ये होना ही है और उसमें तुअर जैसा अगर फसल होगी तो उसके भी जड़े नीचे जाती है और उसके ऊपर जो राइजोबियम के नोट्स है उससे नाइट्रोजन भी फिक्स हो जाता है तो दलहन फसल जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।, है, है, है ये जो है मैंने पहले ही कहा कि हमारा हक सिर्फ अनाज के ऊपर है बाकी सब ज़मीन के अंदर ही वापस जाना चाहिए अगर मैं जला रहा हूँ उसके ब्रिकेट बना रहा हूँ तो उसके बदले में ज़मीन को वापस क्या कर रहा हूँ क्योंकि ज़मीन में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन का डिपॉजिट है हर साल वो बढ़ रहा है अगर मैं उसी निकाल लूँगा तो मेरा डिपॉजिट कम होते जाएगा तो एक दिन मेरी बैंक बोलेगी सॉइल की बैंक बेटा आपकी ज़मीन में कुछ है नहीं हम फसलें नहीं ला पाएंगे तो अगर हमें फसलें रखनी है तो हमें ये जो चक्रियता है ये मेंटेन करनी है या मेरा जितना बाहर गया उतना वापस कुछ दूसरा डालने की तरकीब ढूंढनी चाहिए तो आजकल जो फ्यूवल है फ्यूवल में जो बदलाव आ रहा है कि सोलर लगा रहे हैं विंड लगा रहे तो क्या हम ये जलाने के बदले में ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जिससे वहाँ पे हीट बनेगी और उसका कन्वर्शन करके हमें ऊर्जा मिलेगी ये तो ऊर्जा ही बना रहे हैं ना तो ऊर्जा बनाने का तरीका बदल लेंगे तो शायद ये हमारा बच पाएगा तो हमारी ज़मीन की उर्वरकता रह पाएगी तो ही हमारी इतने आबादी को हम अच्छा खाना हेल्दी फूड दे पाएंगे अभी खाना है लेकिन वो हल्दी नहीं है तो हमारा आगे का स्लोगन ये होना चाहिए अधिक धनेकवा नहीं हेल्दी फूड विकेलते पिक्वा नहीं वन डिस्ट्रिक्टीड मोर क्रॉप यही होना चाहिए जो हम लोग बोले मल्टील मल्टी क्रॉपिंग एक ही खेत में अलग अलग फसलें एक साथ एक साथ हाँ तो उससे अलग अलग चीज़ें मिलेगी जैसे मैंने कहा कि नार, नारियल जो है नारियल के साथ केला रहेगा तो केले में पोटैश है और नारियल के पोटैश की ज़रूरत है ये दोनों जब एक साथ रहेंगे तो शायद नारियल का नारियल का उत्पादन भी बढ़ेगा और सॉइल का हेल्थ भी रहेगा तो हमें पूर्वजों ने यह सिखाया है कि आपकी जरूरतें पूरी करते करते आपको जमीन की रखता रखनी है या बढ़ानी है एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ केले ही केले ही तो और ज्यादा नुकसान होगा एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ ज्यादा पानी देने की वजह से जमीन का सॉल्ट आ जाएगा ऊपर और पानी खत्म हो जाएगा एक डिस्ट्रिक्ट में अगर सिर्फ लगाया, बेसिकली हम ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि हर फसल का सीजन रहता है जैसे कि गेहूँ है वो शॉर्टडे क्रॉप है तो पूरे साल भर हम गेहूँ कर ही नहीं पाएंगे तो ये कुदरत के जो उस है कुदरत के जो दिख रहा है उसके अनुसार हमारे पुरखों ने फसल चक्र बनाया और फसल चक्र और वर्षा चक्र का ताल्लुक जब तक नहीं होता है तब तक हमारी जमीन की उर्वरकता भी नहीं बढ़ेगी और फसलें भी अच्छा नहीं आएंगे तो क्या गेहूं और प्याज एक दूसरे से अल्टरनेट करते रहेंगे तो चलेगा बेचा जाएगा किसान का पेट नहीं भरेगा क्योंकि किसान के थाली में सिर्फ गेहूँ और प्याज नहीं रहता है ना हमारे थाली में जो चीजें है बीच में है कार्बोहाइड्रेट और सबसे क्वांटिटी में और कार्बोहाइड्रेट अलग अलग मुल्क के अलग अलग है जवार से लेकर रागी तक है उसके बाजू में सब्जी जो इसके आधी है यानी समझो मेरा 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो मेरी 200 ग्राम सब्जी है और उसके बाजू में है प्रोटीन्स यानी दाल, वो इससे आधे है यानी कार्बोहाइड्रेट अगर 400 सौ है तो प्रोटीन्स मेरे सौ है तो ये और उसके देने बाजू स्पाइसेस है और वो थोड़े छोड़े क्वांटिटी कम होते जाएगी तो उसमें स्पाइसेस भी मिलेंगे टेस्ट भी मिलेंगी नमक भी मिलेगा अलग अलग चार मिलेंगे लेकिन वो कम होंगे फिर उसके बाजू में कच्चा खाने वाली चीज़ और बीच में थोड़ा सा मीठा है तो इसका मतलब ये है कि जैसे थाली में अलग अलग चीज़ें होती है उसी तरह से अपने फार्म में भी अलग-अलग फसलें होनी होनी ही चाहिए होनी नहीं चाहिए ना, होनी ही चाहिए नहीं तो जिसको हम लोग बोल रहे हैं शाश्वतता, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी लाने का सबसे आसान तरीका है बायोड क्रॉप्स इन योर ओन फार्म ये जब तक नहीं होगा सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि किसान निर्भर रहेगा दूसरे के ऊपर नहीं रह सकता ना वो आत्मनिर्भरता के लिए होनी चाहिए वो सिर्फ आपके लिए नहीं ज़मीन के लिए भी और इकोसिस्टम के बाकी जो घटक है यानी रेप्टाइल से लेके इंसेक्ट तक उनकी भी ये जरूरत है और उनका रोल हमारे जीवन में अहम है जैसे कि मधुमक्खी है अगर मधुमक्खी गई तो हमारी जो क्रॉस पॉलिटेड फसलें वो ख़त्म हो जाएंगे, और हमारी विविधता खाने की और क्वालिटी ऑफ फूड वो ख़त्म हो जाएगा तो ये सबके साथ पंतप्रधान जी का एक घोष है वाक्य है सबके साथ सबका विकास तो ये सबका साथ जब तक नहीं मिलेगा खेती अच्छी नहीं बनेगी तो ये बनानी ही पड़ेगी और इसका प्रयास अगर हम गलत करें तो एक गलत निकाल के हमें अच्छा प्रयास करना पड़ेगा कि हमने गलती की है ठीक है गलती करना कुछ गलत नहीं है सुधार ही नहीं तो गलती है तो सुधारना है और मेरे पोते तक अगर ज़मीन अच्छी रहेगी तो मेरा पोता वहाँ खेती कर पाएगा वो खेती करेगा कि नहीं करेगा मालूम नहीं मुझे लेकिन ज़मीन की उर्वरकता जब ख़त्म हो जाएगी हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा जो इन द फ्यूचर नहीं तो आज भी अच्छा नहीं है कि आज ही हमारे दलहन फसलें हम अफ्रीका से ला रहे हैं आज हमारा ऑयल सेवेंटी ऑयल इटेबल ऑयल और फ्यूएल सिर्फ 18% परसेंट हमारा हो रहा है वो सब हम बाहर से ला रहे इसके ऊपर हमारा काफ़ी पैसा फॉरन करेंसी इस्तेमाल हो रही है और जब वो समझो कुछ जैसे कि आज या दो साल में कोविड आ गया एक्सपोर्ट विम्पोर्ट भी बंद हो गया तो हम तुअल डाल कर सिर्फ सोचेंगे तो भी तुवर डाल कहाँ से लाएँगे ऑयल का सोचेंगे तो ऑयल कहा से लगे आज हमारा 70 परसेंट ऑयल इटेबल ऑयल इंपोर्ट हो रहा है ये हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही खराब चीज़ है जो 30 साल पहले सिर्फ 15 परसेंट था आज जो 70 परसेंट हो गया क्योंकि फसल का चक्र हमने चेंज किया और हमारे जो आदरणीय राजेंद्र सिंह जी हैं। वो तो कई बार यही बोलते कि जब तक फसल चक्र और वर्षा चक्र का ताल्लुक नहीं होगा आपको भगवान भी मदद नहीं कर पाएगा तो ये फसल चक्र और वर्षा चक्र का एक साथ ज़मीन की रो रखते साथ मेरी ज़रूरतें पूरी करने की एक सिस्टम जो पुरखों ने बनाई है वो काफ़ी सोच समझ के की है तो उसमें और चेंज क्या कर सकते हैं वो विज्ञान से शायद हम दवा चेंज कर सकते हैं बायोपेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं जिसे पोल्यूशन ना हो लाइट टाइप यूज कर सकते हैं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं वेरी डेंजरस वेरी डेंजरस